हेलो दोस्तों गूगल को 90 परसेंट लोग यूज करते हैं कहीं कि आपको पता है गूगल एक सेकंड में कितना पैसा कमाती है तो गूगल को 90 परसेंट लोग यूज़ करते हैं कहीं कि आपको पता है गूगल एक सेकंड में कितना पैसा कमाती है गूगल यू की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कैलिफोर्निया में स्थित है अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें जी हाँ गूगल एक सेकंड में करीब छः सौ इक्यासी डॉलर कमाती है जो इंडियन रुपए के हिसाब से लगभग बयालीस हज़ार तीन सौ उनतीस रुपये होता है और एक मिनट में लगभग पच्चीस लाख चालीस हज़ार तक कमाती है क्या यह फैक्ट वीडियो इसका आपको यह पता था अगर पता है तो